ये कही है किसी कभी ये है, किसी सम्मेलन में में हम हम पे पे सुनाते हैं हैं हैं इन सुना देते सुरेश अकेला जी बहुत अच्छे रचनाकार बड़े भाई हैं मैं इन्हें कुछ भी करके उठा सकता हूँ ये मेरा अधिकार भी है और सबसे बड़ी बात है कि जो रचना जो रचनाएं इनके पास हैं वो अनमोल है इनको आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा मैं मैं सिर्फ चार लाइनें जो मेरी रही थी, आप खड़े रहिएगा, नहीं, मैं बता रहा था प्रोफेसर सच में आपको कविता सुनने के लिए अपना दिल जलाना पड़ेगा सिर्फ कानों से सुनकर कविता नहीं आएगी मैं चार पंक्तियां उठाता हूँ प्रोफेसर हफीज को इस पवित्र मंच से श्रद्धांजलि जाएगी लेकिन आपके तालियों के माध्यम से घर भी बैठे भैया आप हाथ खोल जितने लोग बैठे हैं हाथ खोल कर बैठे आपको तो आपको तो हमारा साथ देना पड़ेगा आप आपने की वो चार पंक्तियां सुनी है ना ये धरा भी साथ दे तो और बात है। पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है चलने को एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है <संविया> आपको तो आप, आप साथ देना पड़ेगा आपके साथ आप फिर भी बैठे हुए हैं आप तालीमी बुजारी कैसे चलेगा आपको बचानी पड़ेगी आपको आशीर्वाद देना पड़ेगा आप देखिए मैं मेहनत कर रहा मैंने कहा ना सिर्फ मंचीय कवि नहीं है किताबों में भी इनकी कविताएं जाती है सुरेश अकेला जी खड़े हुए हैं तब मैं प्रोफेसर हफीज विचार को याद कर रहा हूँ कि सितारे तोड़ के गर्दों से लाए जाते हैं सितारे सुनेगा सितारे तोड़ से, से लाए जाते हैं लहू से से तमन्ना बनाए जाते हैं है ये है अहले वफा की जलाए नहीं दिल जाते जोरदार मंच को प्रणान करता हूँ आज की अध्यक्षता कर रहे हैं मेरे बात दर्शक क्रम आदरणीय जी ने चंद्रा जी मंच पर देश के बड़े रचनाकार हम सबके गुरु आदरणीय सलीम सलीमेश जी संचालन कर रहे भाई दमदार नारसी जी समक्ष बैठेगण आप सभी जानते हैं कि लगभग 12 साल हो गए यहाँ आते हुए और यहाँ मैं समझता हूँ तैयार शिक्षक साथी हैं मैं भी अध्यापक हूँ वो भी प्राइमरी का आप समझ गए होंगे तो आइए यहीं से प्रारंभ करता हूं बहुत सारे आक्षेप लगते हैं जिसे इस और इशारा कर रहे थे दमदार जी भी जो सच्चे हैं जो सच्चे हैं उनको सच्चा रहने दो सच्चा रहने दो जो सच्चे हैं सच्चे हैं उनको सच्चा रहने दो घर हम कच्चे हैं घर हम कच्चे हैं हमको कच्चा रहने दो कच्चा रहने दो सुना है बच्चों के बीच रहते हैं हैं हैं हमें बच्चा बच्चा बच्चा रहने रहने दो दो हम हम साथ बनते तब कुछ उन्हें दे पाते पूरे शिक्षक साथियों की ओर से ये आइए वो जो मैं हर मंचों पे पढ़ता हूँ उन्हें यहाँ उसी से प्रारंभ कर रहा हूँ स्वागत जिया ही नहीं जो जमी पर उतर कर जिया नहीं। जो जमी पर उतर कर जिया ही नहीं जहर जिंदगी का पिया ही नहीं अब कैसे जमाना याद करेगा उसे जो दूसरों के वास्ते कुछ किया ही नहीं, आ, आ, जो दूसरों के वास्ते कुछ किया ही नहीं, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे मैं कृष्णगुप्त जी कहते हैं उन पंक्तियों से प्रभावित होकर आइए जनपद गीत से शुरुआत करता हूं और ये मेरी पहचान बनती जा रही है कि नौगढ़ में अगर उस गीत को न पढ़ू तो शायद ना इंसाफी होगी आइए आइए मन बनाइए और कवि सम्मेलन कोई ऊंचाई प्रदान करें यह चंदौली यह ऐतिहासिक धरती है नौगढ़ कि धान कहूं मैं कटोरा देखो धान कहूं मैं कटोरा देखो प्रीति के की बोली हूं धान कहूं मैं कटोरा देखो प्रीत की बोली हूँ मेरी कोख में वीर है पलते जनपद में चंदौली हूँ जनपद की थाना की पीरभूमिने में अंगार किया सोलह अगस्त उन्नीस सौ बयालीस भारत छोड़ो आंदोलन का बदौ जो थानापुर ने ऐतिहासिक काम किया और उसी के क्रम में 28 अगस्त को सैयद राजा में उस बात का जिक्र कर रहा हूँ लंदन की सभा में ऐसा वो प्रतिकार किया गुंज उठी लंदन की सभा में ऐसा वो प्रतिकार किया, किया। स्वतंत्रता के मुरादियों में भक्ति का था उन्मा मत भी आएगी समर में उनको ना था कोई विषाद मत भी आएगी समर में उनको ना था कोई विषाद मैं मोक्ष थाम के रूप में देखो मैं मोक्ष धाम के रूप में देखो गंगा तट पे नरोली हूँ मेरी कोख में बीर है पलते जनपद में चंदोली हनु मेरी को पलते जनपद में चंदोली हूँ की चंद्रकांता और नौगर का इतिहास मेरी धरोहर है कि चंद्रकांता और नौगर का इतिहास मेरी धरोहर है राजदरी और देव का दृश्य बड़ा मनोहर है राजदरी और का दृश्य बड़ा बहुत साधुआत बहुत बढ़िया चंद्रकांत नागर का इतिहास मेरी धरोहर है राजदरी और देवदरी का दृश्य बड़ा मनोहर है राजदरी और देवदरी का दृश्य बड़ा मनोहर है जागेश्वर नाथ का धाम यहाँ सबकी पीड़ा हर लेता है आप सभी का मन चाहूंगा कि जागेश्वर नाथ का धाम यहां सबकी पीड़ा हर लेता है का का बांध बांध मन मन को को हर्षित हर्षित कर कर देता देता है, है। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बात कहने जा रहा हूं शायद आपके आपकी नई बात होगी का बांध मन को हर्षित कर देता है मैं चंद्र प्रभा और कर्म ना सके मैं चंद्र प्रभा और कर्म ना सके संगम पास धरवली हूँ मेरी कोख में भी है पलते जनपद में चंदी मेरी कोख में वीर है पलते जनपद में चंदी भैया ये पूरा परिदृश्य अगला हम तो देखें स्वागत है पहचानो मेरी यह पूरा विश्व प्रसिद्ध दीन दयाल पड़ाव पे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा निर्मित उसका जिक्र करते हुए आगे बढ़ रहा हूं कि दीन दयाल स्मृति उपवन तुम्हें पहचान मेरी लाल बहादुर की जननी हूं शान मेरी लाल बहादुर की जननी हूं ओ से शान मेरी कि की तपोभूमि और अब बुद्ध का लिए इतिहास मैं आप सभी जानते हैं बुद्ध कि की, की तपोभूमि और के साधु में पश्चिम वाहन के तट पर वाल्मिकी के साथ मैं, मैं। जहाँ सजा है बाग दयाल का देखो सजा बाद दयाल का देखो पावन रमाली मेरी कोख में है पलते जनपद में मेरी कोख में वीर है पलते जनपद में चंदौली हूँ और इस गीत गांधी बन इस बात के साथ कि अभी एल मशंकर जी से बात हो रही थी उन्हें बताया कि इस चंदौली में बत्तीस से ज्यादा पद्म पुरस्कृत लोग हैं आज बनारस में जो बड़ी भी एक देखते हैं, मैक्सिमम वो चंदौली से जुड़ी है इसलिए कहना है कि कला साहित्य संगीत से अपना नाता बहुत पुराना है हा? कला साहित्य संगीत से अपना नाता बहुत पुराना है विद्याधरी कैलाश का ये नाम घराना है कैलाश का घराना है कमल कमलपति की और भूमि का यह है सास मैं कमलपति की कर्मभूमि और का एहसास हूं मैं जो भी मेरी गोद में रहते सब जन का विश्वास मैं जो भी मेरी गोद में रहते सब जन का विश्वास में मैं मैं सीच रही हूँ मैं सीच रही हूँ इस उपवन को गंगा था हूँ पलते चंदोली मेरी कोख में पी है पलते चलप चंदोली हाँ बहुत बहुत, बहुत साधुआत कि, कि किसी की जिंदगी बर्बाद करने वाले ये थोड़ा अलग इशारा है कि किसी की जिंदगी बर्बाद करने वाले जब स्वास्थ्य शिविर लगाने लगे किसी की जिंदगी बर्बाद करने वाले जब स्वास्थ्य शिविर लगाने लगे और में गंदा भाव रखने वाले जब सत्संग कराने लगे तो जान जाइए चुनाव आने वाला है तो जान जाइए चुनाव आने वाला है और समाज में नफरत फैलाने वाले समाज में नफरत फैलाने वाले जब उनको समाज सेवी बताने लगे एक कवि का यही दायित्व है कि समाज में नफरत फैलाने वाले जब खुद को समाज से भी बताने लगे और समाज में अंधेरे का परिवेश बनाने वाले जब उजाले का उपदेश सुनाने लगे तो जान जाइए चुनाव आने वाला है तो जान जाइए चुनाव आने वाला है एक चार बात और चार लाइन कहकर मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि उनसे मिला उनसे मिला तो मन में कुटिलता नजर आई उनसे मिला तो मन में कुटिलता नजर आई चौराहे पर जिसकी तस्वीर शुभकामनाओं के साथ थी चौराहे पर जिसकी तस्वीर शुभकामनाओं के साथ थी तस्वीर की मुस्कुराहट में कुछ छिपाया गया था तस्वीर की मुस्कुराहट में कुछ छिपाया गया था जो था ही नहीं उसे दिखाया गया था जो था ही नहीं उसे दिखाया गया था और तस्वीर में अमीरी का दम्भ दिख रहा था तस्वीर में का दम दिख रहा था लगता है अभी समाज सेवा सीख रहा था लगता है अभी समाज सेवा सीख रहा था और तालियां इस बात पर होनी चाहिए कि जब तस्वीर के चेहरे को वास्तविक चेहरे से मेल कराया, जब तस्वीर के चेहरे चेहरे को वास्तविक से मेल कराया, सच कहता हूं उस पर मुखौका नजर आया उस पर मुखौलता नजर आया बहुत बहुत